किसी ने सही कहा है कि आज की तारीख में महिलाएं पुरुषों से किसी भी मामले में कम नहीं है इसका एक उदाहरण देखने को मिला कर्नाटक के सिरसी में यहां पर इक्यावन साल की एक महिला ने पानी की कमी को देखते हुए 60 फुट गहरा कुआं खोद डाला दरअसल गणेश नगर में रहने वाली गोरी नाइक के यहाँ पानी की कमी थी साथ ही उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो कुआं खुदवा सकें ऐसी परिस्थिति में गोरी ने मन बना लिया कि वो कुआं खुद ही खोदेंगी और तीन महीने की लगातार मेहनत के बाद उन्होंने 60 गहरा कुआं खोद दिया जिसके बाद वे लेडी भागीरथ के नाम से मशहूर हो गई गाइज आपका इस जाबाज महिला के बारे में क्या कहना है कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और एक अमेजिंग कॉमेंट को हम लोग पिन करेंगे और आपको जीतने का मौका मिल सकता है अगली वीडियो में